फेवर में भी एटी टू नाइन्टी फोर वोट का प्रोजेक्शन के अलावा कांग्रेस पार्टी नहीं करते हो? जो ये जो आदर्श है

बहुत आने लगे कमेंट्स देखो बताओ क्या लेना चाहते इसी तरह की

देखो और लाइक करो सब्सक्राइब करो ताकि सारी वीडियो तुम्हारे तो तक पहुंचे सब्सक्राइब और लाइक

शेयर करो ता सारी वीडियो तुम तक पहुंचे लाइक और सब्सक्राइब करो लाइक like, सब्सक्राइब

बेहतरीन क्वालिडी